वेलकम बैक माय चैनल चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मेरे चैनल पर नए हो सब सब्सक्राइब कर लें और बिन घंटे को भी दबा दें इस तो चलिए लेट स्टार्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग को मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है जो कि गैजेट अनबॉक्सिंग चैनल है इस चैनल पर गैजेट अनबॉक्सिंग किया जाता है तो चलिए कुछ प्रोडक्ट अनबॉक्स करके आप लोग को दिखाएंगे तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोग को वीडियो भी मिलते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि इस तरीके का देख सकते हैं यूनिवर्सल बाइक ओल्डर यहां पर देख सकते हैं इस तरीके का बाइक है जो कि बाइक पर माउंट किया जाता है मोबाइल को इसलिए जब भी आप लोग जगह ट्रैवलिंग करते हैं तो गूगल मैप की सहायता से आप लोग जगह पर जा सकते हैं कहीं पर भी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं जगह की जानकारी के लिए मोबाइल को गूगल मैप के माध्यम से मोबाइल को गाड़ी पर बाइक पर अटेच करके इस तरीके, इस तरीके का प्रोडक्ट को लगाया जाता है गाड़ी में उसका अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखाएंगे जो कि इस तरीके का प्रोडक्ट है हम बॉक्स करते हैं इस प्रोडक्ट को और बताते हैं और मिलते हैं इस वीडियो में तो चलिए लेट स्टार्ट वीडियो की स्टार्ट करते हैं बने रहें वीडियो पर और इसी तरीके टॉपिक पर ही वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लें और बड़ी घंटे को भी दबाएँ जिससे इसी तरीके की वीडियो आप लोग को सके तो चलिए लेट स्टाइल वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग को इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं और मिलते हैं चलिए इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करके आप लोग को दिखाते हैं और इस चैनल को नया तो सब्सक्राइब भी कर लें और दिन घंटे को भी दबा लें जिससे YouTube से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो इस चैनल पर मिल सके और मैं इस चैनल पर अनबॉक्सिंग वीडियो भी अपलोड करता हूं टैक्स से रिलेटेड भी जानकारी देता हूं साथ ही साथ साँच, सिनेमैटिक और प्रोफेशनल वीडियो किस तरीके से शूट किया जाता है यूट्यूब पर किस तरीके से ग्रो किया जाता है और इस तरीके का प्रोडक्ट ये सभी इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है तो इस चैनल को लेकर के सब्सक्राइब भी कर लें तो चलिए स्टार्ट है स्टार्ट करते हैं बस और अनबॉक्स करते हैं इस प्रोडक्ट को जो कि बाइक इन्वर्सल होल्डर है तो इस तरीके का पैकेजिंग आता है चलिए इस बॉक्स को रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिलता है इसको तो इस तरीके का प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर दिखाई देता है और इसको हम सही पर रखते हैं इस तरीके से और इस तरीके से बाइक जो कि बाइक पर अटैच किए जाते इस मोबाइल होल्डर को इन्वर्सल होल्डर इस तरीके से इसको अपने हिसाब से इसको मोबाइल को एडजस्ट करके इसमें माउंट कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको माउंड करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके का होल्डर दिखाई देते हैं जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से तो चलिए इसका अनबॉक्स करके आप लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का हैंड करने के लिए यहाँ पर बाइक का जो हैंडल होता है उसमें इसको अटैच किया जाता है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से तो चलिए इसको अनबॉक्स करके आप लोग को दिखा रहे हैं और कुछ सिनेमेटिक वीडियो भी इसमें दिखाने वाले हैं इस बाइक इनवर्सल होल्डर का और इस तरीके का पैकेजिंग के साथ आता है इसको आप लोग 200 सौ से तीन सौ मिल जाएगा इस वीडियो को मुझे डिस्क्रिप्शन पर फ्लिपकार्ट का लिंक दे दें वहाँ से इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं राइस और दिखने में भी अच्छा क्वालिटी का है साथ साथ इसमें बहुत सारे फीचर दिए गए हैं जिससे इसको अच्छे इस्तेमाल कर सकते हैं लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं और चलिए इस वीडियो में कुछ पोसना होगा तो लाइक करके सब्सक्राइब भी करें चलिए इस वीडियो को प्रेट करते हैं वीडियो पोसना होगा लाइक करके सब्सक्राइब